बताए क्या ग्रुप रहता उसमें मैसेज डाल देते पड़ता। तो सब लोग आ जाते देख आया आया आया ये लो, ये लो, ये लो बालू बालू बालू बालू भी भी फाइटिंग क्या आगे नहीं नहीं नहीं रुक रुक रुक मत हिलात हिलात वैसी डिस्टेंस रख दे ए चला हो गया पीला मत वो बैठ गया आज अरे ये प्यार कर रहे हैं हां प्लीज शांत रहिए प्लीज सब लोग देखो Oh, yeah. yes.